आस्टा के नीलबड़ में प्रशासन ने कड़कड़ाती ठंड में मानवीय संवेदनाओं को तार तार करके रख दिया और गरीबों के घर को तोड़ दिया इस कार्रवाई को कार्यक्रम नहीं दी कांग्रेस की आलोचना की बात कही कड़कड़ाती ठंड में प्रशासन ने संवेदनाओं को ताक पर रख कर अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के घर तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के बात कहकर एक दर्जन से ज्यादा परिवारों की छत छीन ली उन्हें खुले आसमान के तले छोड़ दिया आष्टा के ग्राम में लोगों को बेघर किए जाने के बाद उन्हें कुटिया देने की बात कहकर प्रशासनिक अमला वहां से रवाना हो गया प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले इन लोगों को सूचित तक नहीं किया सूचना भी नहीं दी कुछ भी नहीं करा और मकान तोड़ दिया गाय को छोड़ के भगा दिया चर भी निकालने दिया कुछ भी नहीं कर हाँ। और तोड़ दिया और पुलिस वाला नहीं आने भी नहीं दिया हमने बोला हमारा सामान तो निकालने तो पर सामान भी नहीं निकालने ग्राम नीलपुर में इस घटनाक्रम के बाद इन बेघर हुए परिवारों से मिलने कांग्रेस नेता गोपाल सिंह इंजीनियर पहुँचे और शासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और बेघर हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का वचन दिया मैं गोपाल सिंह इंजीनियर विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ आजाद विधानसभा ऐसी मैं ये जो प्रशासन द्वारा ग्राम नीलबड़ में जो बारह गरीब लोगों की जो मकान तोड़े हैं उसकी घोर घोर निंदा करता हूँ और इन्होंने केवल नीलबड़ में ही नहीं पूरे विधानसभा आस्था में मकान तोड़े जा रहे हैं गरीब लोगों को उनको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर बनाए जा रहे हैं जबकि इन लोगों का कहना है सभी जिनके भी मकान तोड़ेंगे हमको पूर्व में ना तो कोई नोटिस दिया गया ना कोई खबर की गई और डायरेक्ट आके इन्होंने तोड़ा है ये मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनका गृह जिले है इन्होंने प्रशासन के लोगों को ढाल बनाकर और ये पूर्ण कार्रवाई जो कर रहे हैं इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं ये अन्याय है बहुत बड़ा अन्याय है जहाँ किस गरीब लोगों को मकान देना चाहिए जहाँ गरीब लोगों को मकान बनाना चाहिए जिनको छत देना चाहिए उनकी छत ये तोड़ रहे हैं इन लोगों को ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अन्य वर्गों के हितेषी बनते हैं यहाँ आके शिवराज सिंह देखें कि आपके जो गवर्नमेंट सर्वेंड है ये क्या कर रहे हैं यहाँ का विधायक रघुनाथ सिंह मालवी की सेप है ये पूरे वे की गई है इसका मैं बड़ा घोर विरोध करता हूं। उनको मकान बनवाना चाहिए ना कि गरीब लोगों का मकान तोड़े जाना चाहिए हम इसको पूरी ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे बहुत सारी अदालतें हैं बहुत सारी कार्रवाई करने के लिए हम रहेंगे और हम इसको उग्र आंदोलन करेंगे इनको जब तक हक नहीं मिलेगा इनको न्याय नहीं मिलेगा इनको दूसरी जगह मकान बना सरकार नहीं देगी इनको उसका मुआवजा जब तक नहीं देगी हम इन लोगों के लिए लड़ते रहेंगे संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखन न्यूज आपके हक